कृष्ण को तो केवल कृष्ण का ही रंग चढ़ सकता है कृष्ण को रंग नहीं आयो नहीं कृष्ण से रंग नहीं आयो जग करता प्रेम पाने के लिए इन्होंने किया प्रेम प्रेम समझाने के लिए राधा कृष्ण एक अक्टूबर से रात 9 बजे स्टार भारत और हॉटस्टार पर